वेगं श्री करते हुए और अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे दिनांक तीन दिसंबर का दैनिक राशिफल आप सभी दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूं लेकर के क्या कुछ रहेगा आज खास मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए साथ ही साथ आज के दिन को आप लोग प्रभावी कैसे बनाएं आज का शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त आज किस दिशा में दिशाशूल है तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज के पंचांग पर भी दृष्टि डालेंगे तो अंत तक दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा आगे बढ़े दर्शकों हर बार की तरह आप लोगों से यही अपील है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष आप लोग जरूर कीजिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपके जय श्री राम का जो है प्रति उत्तर मैं जरूर दूं तो प्लीज आप लोग भी जय लिखिए और हम, तो है है हम तो लोगों से पंचांग मिलकर बना होता है तिथिवार नक्षत्र योग करम संबंध दो हजार छिहत्तर उन्नीस सौ इकतालीस और आज का जो दिन रहेगा यह मंगलवार पंचांग में और सूर्योदय होगा छह बजकर तिरालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर आठ मिनट पर दक्षिणायन चल रहा है शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी दर्शकों और इसके बाद अष्टमी तिथि रहेगी तीन बजकर ग्यारह मिनट तक सप्तमी है इसके बाद अष्टमी तो सप्तमी को ताड़ हो गया और आंवला हो गया इसका सेवन नहीं करना चाहिए वही अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए बुद्धि का नाश होता है ब्रह्मा वैवक पुराण में लिखा हुआ है शास्त्रों में ये चीज लिखा है हमारे महर्षियों ने जब यह चीज लिखी है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा तो आप लोग भी इसका पालन करिए हम ऐसी उम्मीद आपसे कर, करते हैं नक्षत्र की बात करते हैं धनिष्ठा करण रहेगा घर इसके उपरांत वरिज और अंतिम कर रहेगा विष्टिकरण रहेगा योग रहेगा व्याख्यात इसके उपरांत हर्षण योग रहेगा शुभ समय की बात कर लेते हैं अशुभ समय की बात अभी हम नहीं करेंगे पहले शुभ समय की बात होगी तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा ग्यारह बजकर चौंतीस मिनट से बारह बजकर सोलह मिनट तक की आप लोग इस मुहूर्त में शुभ कार्यों को करेंगे तो आपके कार्य निश्चित ही सफल होंगे राहु काल पर आ जाते हैं राहु काल में आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो दो बजकर बत्तीस मिनट दोपहर से लेकर के तीन बजकर पचास मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा राहुकाल में शुभ कार्यो को नहीं करना है चंद्रदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्य देव वृश्चिक राशि में चलायेमान है यह आप सभी दर्शकों को पता होगा मंगलवार दिन और दिशा की बात ना करें ऐसा कहा हो सकता है तो आज उत्तर दिशा की ओर दिशा है उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना रहेगा लेकिन यदि उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ जाए जैसे कि हमारे घर की फेसिंग उत्तर है अब हमको निकलना है तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए दर्शकों गुड़ का सेवन करेंगे उसके बाद जल का सेवन करेंगे तांबे के पात्र में और फिर पहले हम दक्षिण की ओर चार पक्ष चलेंगे उसके बाद उत्तर दिशा की ओर निकलेंगे तो ये क्रिया आपको भी करनी होगी इसको जब आप करेंगे तो यकीन मानिए प्रॉब्लम आएगी ही नहीं तो ये तो था को हमारा पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना था हमने आपको जानकारी दे दी अब पढ़ते हैं राशिफल की ओर और, और राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती है यह आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों के लिए आज क्या कुछ रहने वाला है खास तो मेष राशि के जातकों आज का दिन आप सभी के लिए आनंदमयी होगा महत्वपूर्ण निर्णय आज आप लोगों को लेने होंगे जो आपके मन में तनाव था बेचैनी थी इसका सामना अभी तक आप कर रहे थे ये आज दूर होता हुआ नजर आ रहा है आज आप लोगों के खर्चे बहुत अधिक बढ़ेंगे आपको अपने खर्चों को बढ़ने से बचाना चाहिए व्यापार में आपको आज लाभ होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास करिए हनुमान अष्टक का आपको पाठ करना रहेगा तीन बार शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक वृषभ राशि के जातकों क्या कुछ रहेगा आज खास तो आज आपकी ओर से समर्पित दिल और बहादुरी का जज्बा आपके जीवन साथी को खुशी दे सकता है आज राशिफल के अनुसार किसी बड़े समूह में भागीदारी के लिए आप बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेंगे आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन इनकम उससे ज्यादा आपको मिलेगी आज परिवार में किसी मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है प्रातःकाल से यात्राओं के योग है यात्राओं में सावधानी रखिएगा आपका कोई लगेज वगैरह ना चोरी हो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको करना यह रहेगा कि हनुमान जी को एक लाल रंग का चोला चढ़ाना होगा और बेसन के लड्डू का आज आपको भोग लगाना होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वही मिथुन राशि के जात को जैमिनी क्या कुछ कहता है यार? तो देखिए आज आपको कल्पनाओं के पीछे नहीं भागना है यथार्थवादी बनके रहना है आज आपका समय आपके दोस्तों के साथ अधिक बीतेगा जो कि आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा राशिफल के अनुसार आज जीवन साथी के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं मनोभावों में आपके अंदर अचानक बदलाव आ सकते हैं जो कि आपको काफी खिन्न करेंगे साथ ही साथ धन हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है बच्चे के स्वास्थ्य को, को लेकर के सावधान रहिएगा किसी मौसमी जो है बीमारी के शिकार हो सकते हैं आज किसी को धन ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा उपाय क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर आज सुंदर का आप लोग पाठ करिए घर से निकलते समय गुड़ का सेवन करके निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा ऑरें और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा चार वहीं कर्क राशि के जातको आज आपके मानवीय मूल्य और सकारात्मक रवैया कैरियर के मोर्चे पर आपको सफलता दिलाएंगे आज के राशिफल के अनुसार आपको संतोष नहीं होगा कुछ आपको खाली खाली सुना सुना लगेगा लेकिन शाम तक की आपका जब सोच का नजरिया ये बदलेगा सकारात्मक सोच आपके अंदर आएगा जो कि आपके कामयाबी के मार्गो को प्रशस्त करेगा उच्चाधिकारी से भी आज आपके बात विवाद हो सकते हैं तो अपनी वाड़ी पर आज आपको संयम रखना है उपाय के तौर पर करना क्या होगा तो देखिए आज, आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि हनुमान अष्टक का पाठ करिए साथ ही साथ हनुमान गायत्री मंत्र का आज आपको 108 बार जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वही सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर से आए उन पर आज आपको विचार करना होगा आज धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा लेकिन शेयर मार्केट से आज आपको कान पकड़ के रखना शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा कोई ज्वाइनिंग से संबंधित उनको लेटर मिल सकता है या किसी विभाग में उनकी जो है ज्वाइनिंग हो सकती है नई नौकरी कुल मिलाकर के यदि हम एक शब्दों में कहे तो नई नौकरी का सृजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सुनी सुनाई बातों पर आज आपको आंख मूंद करके यकीन नहीं करना है उसकी सच्चाई को आज आपको भली भांति परखना पर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि हनुमान गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए तथा सूर्य देव को आज आपको अर्घ देना है देखिए हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य देव। तो यदि आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सूर्य देव को प्रसन्न करिए हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे अब जब गुरु इससे कह देगा कि भाई ये काम करो तो उससे कैसे मना करेगा और आपके तो जो है मतलब मेन जो ग्रहों के राजा हैं वो आप की राशि के हैं तो कैसे ये काम नहीं होगा आप जरा बताइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच कन्या राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज यात्रा के बहुत मौके आपको मिलेंगे और इन मौकों को हाथ से मत जाने दीजिएगा क्योंकि इन यात्राओं से ही आपके जीवन की आज बागडोर थमी हुई है इन यात्राओं के कारण ही आपको धन लाभ होगा इन यात्राओं के कारण ही आपके रेफरेंसेस बढ़ेंगे इन यात्राओं के कारण ही आज कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है आज का दिन जीवन साथी के साथ थोड़ा सा जो है वाद विवादों को हवा मत दीजिएगा अन्यथा बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है यात्राओं के योग बन रहे हैं लेकिन आज कहीं दुर्घटना आपकी हो सकती है वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए गजेंद्र मोक्ष का आप लोग पाठ करिए महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जब के तब घर से निकलिए पूरा दिन आपका शुभ जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छे तुला राशि के जातको कोर्ट कचेरी से मामलों में आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई देखिए दिखाई पड़ रही है आज यदि आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो आपका जो फंसा हुआ धन है ये आपको प्राप्त होगा सरकार पक्ष से लाभ होगा उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी लेकिन आज पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे उन पर धन भी आज आपका अधिक लगेगा साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में आज बहुत अच्छे पल आ सकते हैं बस आपको अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास करना होगा शक की जो गुंजाइश है इसको आप लोग निकालिए फिर देखिए वो पार्टनर आपको कितने अच्छे लगेंगे साथ ही साथ वाहन आज, आज आप लोग सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग हनुमान मंदिर में जाइए और वहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए तीन बार शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जात को आज आपका जीवन साथी आपकी मदद करेंगे आज के दिन किसी जो है आपकी जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व से दोस्ती हो सकती है और इनके चलते आपको लाभ होगा सरकारी पक्ष से उच्चाधिकारियों का बहुत अच्छा साथ मिलेगा कोई प्रमोशन इत्यादि भी आप पा सकते हैं सैलरी में इंक्रीमेंट भी आज आपको लग सकती है विदेश यात्राओं का योग बन रहा है साथ ही साथ आज आपको धन खर्च करने से बचना चाहिए आज जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है यदि कोई एग्जाम है या आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह देने जा रहे हैं तो आपको आज कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज ब्लैक कलर को आप लोग अवॉइड करिएगा दूसरा आपको करना ये रहेगा कि बंदरों को बेसन से बना हुआ आपको जो है कोई लड्डू या मिठाई आपको देनी रहेगी आप चना भी खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ सेजिटेरियंस जी हाँ धनुराशि के जात को तो धनुराशि के जात को आज आपके मन में अनिश्चितता बनी रहेगी पैसे अधिक खर्च होंगे आज घूमने फिरने पर आपके पैसे अधिक खर्च होंगे किसी दोस्त को आप बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं बाद में चल करके आपको पछताना पड़ेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज अधिकारियों के साथ आपकी तूतू म हो सकती है व्यर्थ के अनर्गलों में आपको नहीं पढ़ना दूसरों के लड़ाई झगड़ों में आज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इनसे आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि घर से निकलते समय दिशाशूल का आपको ध्यान रखना रहेगा दूसरा आज आप लोग केसर का सेवन करके निकले और यदि हो सके तो आज आप लोग हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए ये आप लोग जो है करिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा कलर का और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ कैप्री कौन जी हाँ मकर राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे? तो मकर राशि जात को यदि आप कोई शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा विदेशों से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा और विदेशों से आज आपको धन लाभ होगा आज जीवन साथी के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा जीवन साथी की मदद से आज आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आज, आज आपको भाई बहनों से कुछ बात विवाद हो सकता है झगड़ा हो सकता है इनसे आपको बचना रहेगा घर परिवार में पैतृक संपत्ति का यदि कुछ बंटवारा होना है तो वो आपके पक्ष में आज आएगा कोर्ट कचहरी से रिलेटेड संबंधित कार्यों में आज, आज आपको सफलता प्राप्त होगी साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर क्या करना है तो गुड़ का दान तांबे का दान लाल मसूर का दान ये आज आप लोग धर्म स्थान पर करिए बेहतर रहेगा हनुमान चालीसा पढ़िए शुभ कलर आपके के के लिए क्या कुछ रहेगा आज का दिन क्योंकि चंद्रदेव आपकी राशि में ही चल रहे हैं तो कुंभ राशि के जातकों आज किए गए निवेश काफी फायदेमंद साबित होंगे लेकिन आपको भागीदारों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है आज यात्राओं और भ्रमण पर आप यदि जाते हैं तो आपको धन लाभ होगा शिक्षा के लिए किसी हायर एजुकेशन में भी आज आप लोग दाखिला ले सकते हैं साथ ही साथ विदेशों से भी आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज कोई प्रमोशन या कोई नई नौकरी का सृजन भी कुंभ राशि के जातकों को मिलेगा जीवनसाथी के साथ कुछ खटपट हो सकती है इससे आपको बचना रहेगा अपने बेटे के बेटे के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप लोग कुंभ राशि के जातक परेशान रहेंगे वाहन में आज आपका पैसा इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ लग सकता है फिर चाहे सर्विसिंग करानी हो या कुछ कराना हो आपका पैसा आज आपके वाहन में जरूर लगेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा हनुमान जी के मंदिर पर एक आपको ध्वजा जो है ले जा करके लगानी रहेगी या आप लोग वहाँ पर ध्वजा का दान दे सकते हैं दूसरा आज सुंदर का आपको पाठ करना रहेगा हनुमान जी का जो स्त्रोत है हनुमान बाहु के यदि आप बीमार चल रहे हैं तो इसको आप पढ़िए आपकी व्याधि कम होगी अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन आप लोगों से अपील करते हैं दर्शकों देखिए कि कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष जरूर करिए आप में ज़्यादा दम है या हम में दम है ये भी हम लोग देखते हैं जय श्री राम का उद्घोष कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए अंतिम राशि मीन राशि मीन राशि के जात को आज यात्राओं का योग बन रहा है प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राएँ संभव है आज नौकरों और सहकर्मियों से आपको परेशानी होने की संभावना है इसको खारिज नहीं किया जा सकता है अगर आज आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो वो आपका पीछा करेगा तो परिस्थितियों से भागना नहीं है परिस्थितियों से आपको लड़ना रहेगा कैसे लड़ना है उसका तरीका हम बताएंगे साथ ही साथ आज उच्चाधिकारियों से आपका कोई बात विवाद किसी मुद्दे पर हो सकता है तो उच्चाधिकारियों से बहुत ज्यादा बात बातें मत करें तो ठीक रहेगा आज के दिन कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी धन अधिक खर्च होगा कुटुंब में कोई झगड़ा हो सकता है कोई लड़ाई हो सकती है विदेशों से आज आपको हानि होगी कोई अशुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है उपाय क्या करना रहेगा तो को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो तो हनुमान अष्टक का आप लोग पाठ करिए दूसरा आज आप लोग कोशिश कीजिए कि सुंदर कांड की किस चौपाई जरूर पढ़िए तो ये यदि आप लोग उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बाधाएं कम आएंगी बिल्कुल कोई नहीं दूर कर पाएगा कम आएंगी दर्शकों यदि आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थक चुके हैं ज्योतिषी उपाय कर करके और आपको लाभ नहीं हुआ है तो एक बार हमसे आप लोग जरूर मिलिए कुंडली दिखवा सकते हैं जयपुर और दिल्ली का प्रोग्राम लगा हुआ इस आप लोग अभी से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए इस मातृभूमि का वंदन और आप सभी का अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हैं नमस्कार